हेलो दोस्तों नमस्कार फिर से मैं एक थोड़ा सा वीडियो लेके आया हूँ इस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे कि किस तरह से ऑनलाइन में अर्निंग कर सकते हैं वो भी डॉलर में और फ्री ऑफ कॉस्ट कोई आपको पैसा नहीं लगेगा इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करने को आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं रोज काम करके दोस्तों आ, करने से पहले मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। प्लीज चैनल को को सब्सक्राइब करिए और और और लाइक भी भी करने की साथ में बेल आइकन दबाना हूँ सबसे पहले मेरे वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको ही मिलेगा अगर आप इस आइकन को आपको करेंगे तो दोस्तों आज एक बड़ा वेबसाइट है जिसमें आप लाखों पैसा कमा सकते हैं वो भी फ्री में पैसा कुछ नहीं लगेगा आपको और जो है इस जो इस फील्ड में, ऑनलाइन नहीं, नहीं जानते हैं, वो लोगों को भी मैं एडवाइस देना चाहता हूँ अच्छी तरह से देखिए तो आप लोगों को समझ जाएगा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पैसा कमा सकते हैं इसमें कोई कठिन बात नहीं कोई कर सकते हैं आ, दस पास नौ पास किए हुए स्टूडेंट भी इसमें काम कर सकते हैं और कोई भी घर बैठे हाउस वाइफ और कोई भी लोग जो बेरोजगार हैं वो भी पैसे कमा सकते हैं इस साइड में बहुत सारे ऑप्शन हैं पैसे तो कमाने के आपको आप लोगों को मैं उस साइड में लेके जाता हूँ आप इस अर्निंग को आप अपने लैपटॉप में भी अपने टैब में भी नहीं तो आपके मोबाइल में भी आप ओपन कर सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं आप लोगों को मैं लेके जाता हूँ उस साइड में वो साइट का नाम है ये वेबसाइट वेबसाइट बहुत बढ़िया है इसमें आप बहुत सारी तो आप कोई भी आपका ब्राउजर ओपन करके ये जरिखे माई डॉट कॉम टाइप करके आप इस तरह से इस साइट में आ जाइए और उसके बाद में राइट साइड में दो ऑप्शन आएगा साइन इन एंड रिस्टर Uh, आपको सबसे पहले इस साइड में रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा जिससे आप इसमें जाके काम कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने का तरीका है जस्ट आप अपना ईमेल एड्रेस आगे नाम और इसके बाद में पासवर्ड और कुछ ऑप्शन दिए होंगे वो फिल फिलऑप करके आप रजिस्टर हो जाइए और आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप मिलेगा आपका ईमेल मेल एड्रेस में उधर तो जाके आप कन्फॉर्मेशन करिए उसके बाद में आप इसमें रिशर्व हो सकते हैं और उसके बाद में पैसे कमा सकते हैं ओके okay. सो so, मैं ऑलरेडी इस साइड में ऑलरेडी रेस्टर्व हूँ तो मैं साइन इन हो जाता हूँ और मेरे डेस्पु में जाके आपको मैं बताऊँगा किस तरह से पैसे आने का सकते हैं तो आप लोगों को इसमें साइन इन ऑप्शन साइन इन विद गूगल और साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट ओके आप जिस तरह से आप साइन इन हो गए हैं उस तरह से आप लेकर हो सकते हैं तो, तो मैं ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ इसमें तो इसलिए मैं ई मेल एड्रेस डाल के मैं हो तो ये मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड डाल दिया तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ साइन इन हो जाता हूँ डैशबोर्ड तो ओपन हो गया है देखिए मेरा लास्ट सेवन डेज मैं इधर ऑलरेडी मैं ज़्यादा दिन तो नहीं हो गया इसमें जैसे किया हुआ हाल ही में किया हुआ फिर भी मैं इधर थोड़ा सा काम कर करके मेरा ऑलरेडी ट्वेंटी थ्री साइन चल गया है इस डैशबोर्ड में लास्ट से सेवन डेज के मेरा वार्निंग दिखा रहा है आप लोग भी जब अर्निंग करेंगे तो आप लोगों को इस तरह से आपका एक वार्निंग शो हो जाएगा ओके और आप जिस दिन पैसे कमाएंगे उस दिन का आपको इसमें दिखाई देगा चलो तो हम और आगे बढ़ते हैं तो ये राइट साइड में आएंगे तो इधर डैशबोर्ड लिखा है एनालिटिक्स बिलिंग सेटिंग तो कोई भी टाइम में आप इधर जाके सेटिंग में जाके अपना डिटेल्स और अपना ये जितना भी आ, है इसमें लिखा है तो आप अपना चेंजेस कर सकते हैं प्रोफाइल उसके बाद में पासवर्ड लैंग्वेज टाइम जोन ये सब आप चेंज कर सकते हैं ओके सो so, उसके बाद में इसमें किस तरह से पैसे कमाते हैं वो बहुत तरीके से कमा सकते हैं ओके और इधर से देखें रेफर प्रोग्राम आप जिस दिन आप अपना दोस्तों लोग को रे, रेफर करेंगे ये अपना रेफर लिंक और वो उस रेफर लिंक द्वारा आप तो उसमें साइन साइनअप हो जाएंगे और इस मीन रिस्टर हो जाएंगे इस साइड में तो वो लोग का अनिंग अथवा साइन अपने तो आपको इसमें अर्निंग होएगा तो इस तरह से आप बहुत सारे अपने दोस्तों को इस साइड में लाके आप बहुत सारे डॉलर कमा सकते हैं ओके सो और इधर डैशबोर्ड के बाद में इधर ऑर्न लिखा है इसमें ऑन uh, करने के मेथड दिए हैं आप कोई भी चूज कर सकते हैं ऑनिंग करने के लिए तो so, सबसे पहले ब्रॉज वाइफ वेबसाइट वीडियो लिखा है इसमें आप लोगों को आ, वीडियोस वेबसाइट एड्स आप कमा सकते हैं इसमें क्लिक करके इसमें दिए होंगे काम आप उसमें काम करके कर सकते हैं और इसमें आप लोगों को आ, कुछ दिया रहेगा जो आप लोगों को क्लिक करके वो साइट में जाके फॉलोअप करना पड़ेगा नहीं तो सेव करना पड़ेगा लाइक करना पड़ेगा इस तरह से सोशल मीडिया में जैसा ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐसा में आप को जाएगा और जैसा कि आप लाइक और शेयर अथवा साइन अप करेंगे तो आपको डॉलर ऑर्न आएंगे और उसके बाद में ये थर्ड वाला है राइट राइट कमेंट्स एंड रिव्यू आप कोई भी ओल का जो कंपनी का एड्स में जाके आप कमेंट्स रिव्यू करेंगे तो आपको आने और उसके बाद में ये साइड में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का तरीका सबसे लास्ट में फिल आउट द सर्विस आपको इस लिंक में आपको सर्विस आएंगे उस सर्विस का फ़िल अप करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं ओके सो इस तरह से इधर पैसे कमा सकते हैं एंड uh, सबसे लास्ट में देखो क्रिएट अकाउंट सब्सक्राइब एंड न्यूज करके भी कमा सकते हैं इसमें क्लिक इस इसमें क्लिक करेंगे तो आप लोगों को uh, कुछ uh, वेबसाइट कुछ कंपनियों के और लिंक मिलेंगे उसमें क्लिक करके आप जाएंगे तो उस साइट uh, अकाउंट में आप सब्सक्राइब करेंगे अथवा न्यूज लेटर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे वो भी डॉलर में और उसमें जाके अकाउंट ओपन करेंगे तो आप पैसे मिलेंगे। सो ये बहुत अच्छा वेबसाइट है आपको और बहुत सारे साइड में जाके कर सकते हैं तो दोस्तों और ये साइड में राइट साइड में सबसे ऊपर बेल आइकन दिया हुआ है इसमें मैसेज आते रहेंगे और आपको ऑर्निंग्स के आ, जो अपॉर्चुनिटी इसमें आएगी तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो सीधा आप जाके अर्निंग कर सकेंगे जैसा कि मैंने ऑलरेडी क्लिक करते दिया हूँ ये बैलैगन लिखा है में है इसमें, है। इसमें, है, दे ली, में इसमें हम जाएंगे तो अर्निंग करेंगे 0.2 सेंट्स कमा सकते चलो मैं क्लिक करती हूँ इसको हम इसमें अर्निंग करेंगे तो ओके हम ये ये वाला क्लिक करते हैं और हमको ट्विटर में ले गया है ट्विटर में जाके आ, आप इसको फॉलो करेंगे तो आ, ये फॉलो करके लिखा इसमें क्लिक करेंगे तो इसके उसे फॉलोअप हो जाएगा उसके बाद फिर आप इसमें ट्वेश्स कमा सकते हैं आ, आ, मेरा थोड़ा ट्विटर का अकाउंट एक्टिव नहीं मैं इसके लिए मैं नहीं करता आप इसी जगह जाके फॉलो करिए उसमें तो आपको ऑनिंगस मिल जाएगा ओके तो इसी तरह इधर वन टू थ्री फोर फोर पाँच पाँच एड्स दिए हुए हैं तो आप ये सब को क्लिक करके फॉलो करेंगे तो आपको दो दो सेंस मिलेंगे दो दो सेंस मिलेंगे इसी तरह से आप पैसा कमा सकते हैं तो हम दूसरा एड्स भी देख देते हैं ओके इसमें क्या है वन इसमें वन से मिलेंगे ओके इसमें कुछ एड्स जो है ओके इसको हम वॉच करेंगे तो हमको ऑर्निंग कर सकते हैं जैसे कि हम इसको क्लिक करेंगे ओके यूल जीरो पॉइंट फॉर दॉ ये वीडियो दिया हुआ है एक एड्स है इसको हम थर्ड से वॉच करेंगे तो हमको जीरो पॉइंट करेंगे तो इसी तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं बहुत सारे हैं आप ये सब करके आप कमा सकते हैं कि और भी बहुत सारे अर्निंग्स के वो आए हैं तो मैंने नहीं किया तो मैं धीरे धीरे करके मैं इसमें ऑर्निंग कर सकता हूँ चलो दोस्तों आप लोग मैं समझ लिया होगा कि किस तरह से हम कैसे कमा सकते हैं अभी हम आपको दिखा देते हैं ये पैसे जो हम लोग ने अंडिंग किए हुए हैं जो जो मैंने मेरे इस अकाउंट में जीरो पॉइंट टी डिग्री सेंस अर्डिंग किया हुआ है ऑलरेडी उसको मैं विड्रॉ किस तरह से कर सकता हूँ आप जाइए वन टू थ्री फोर फोर्थ में जाइएस में।, में क्लिक करिए आप ऑर्डिंग दर्ज ट्रांजेक्शन नहीं हुआ अभी तक तो, ओके आई यू गेट पेट ओके We don't need to add payment method विदाउट नीट threshold has been reached. So, आपका जब तक वो लोग का थ्रेस होल्ड मनी है डॉलर ट्वेंटी जब तक आपका 25 फाइव नहीं हो जाता आपको वो लोग पेमेंट नहीं कर सकते हैं और वो लोग आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए ऑप्शन नहीं देंगे तो आप इसी तरह से रोज़ काम करके 25 फाइव डॉलर तक बढ़ेंगे और आप से विड्रॉ कर सकते हैं विड्रो का ऑप्शन रहेगा पेपर पेपर का तो बॉल बार्ड है पेपर ये सब में से आ, आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों आप सब लोग ने समझ लिया होगा कि इस तरह से हम पैसा कमा सकते हैं और आप इसमें आइए और पैसा कमाइए मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरा लिंक दे दूंगा उसमें क्लिक करके आप इस साइट में जाके आप पैसा हानि कर सकते हैं दोस्तों आज के लिए ये वीडियो मैं समाप्त करना चाहता हूँ फिर भी मैं इस तरह से अच्छे अच्छे अर्निंग के मेथड और वीडियो लेके ले आता रहूँगा इसीलिए आप प्लीज इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल अकाउंट को दबाना मत भूलिए जिससे आपको सबसे पहले मेरे वीडियो आ, की मैसेज मिलेंगे तो दोस्तों मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ इस वीडियो को सी यू गायक यू वेरी मच फॉर वॉचिंगडियो